बॉलीवुड टैलेंट को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं फिर से कोई शाहरुख खान ना आ जाए और इनके बाप का दिया हुआ राज ना छीन जाए